अब कई लोग कहते हैं कि भाई इधर हमारे सिक्यूलर स्टेट चाहिए हिंदुओं का राज कोमी राज नहीं होना चाहिए कौन कहता है कोमी राज बनाओ हिंदुस्तान में तीन चार करोड़ मुसलमान पड़े हैं कोमी राज की बात नहीं है लेकिन बात एक है कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में वो मुसलमान ने काफी लोगों ने ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया ठीक दिया अभी ठीक है लेकिन अब एक रोज में एक रात में क्या दिल बदल गया वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं कम तो मान दो तो ये मेरी समझ में नहीं आता एक रोज में दिन सबका कैसा बदल गया तो कहते हैं कि हम वफादार हैं तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है आपको सस्पेशन क्यों आता है तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो आपके दिल को पूछो बेहतर पूछो हमको मत पूछो